सं गया निचा दीदी हर जा घर तेरे नहीं मैं जान जो रोशन था कभी उस शहर में आग लगाई वफनाराज आई तुझे ओ हर जाय वफनाराज you are मोहब्बत नसीबाल कल पीर अलगाले थे मेरे जाए हम थे मेरे थोड़े अलग दिल वाले थे। पर जैसे सोचा था हमने तुम वैसे थे तुम वारे की आर पलक भी ना झपका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 मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके ये दुनिया भर के सब रास्ते मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके नरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे हिसास आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तनु इतना नाम प्यार करा एक पल सौ गार कर जावे ज मेनु छत दार करा छोड़ दी है तुझ पे सांसुआ के रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे सांसुआ के रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके ना जीना मुमकिन नहीं ना देना कभी मुझको तू फासले मैं तुझको कितना चाहता हूँ कभी सोच ना सके कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस के रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच न सके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 मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच न सके जूद मेरा तुझे से जुदागर हो जाएंगे तू तो से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो बोल लगता तू भी हट के सोने दिल तुम्हें गई कट के सोने आई तेरे सज धज सुर सुर सुर भज गए फिर अजू फिर अजू फिर चलिया मोरनी बन के मैता एवें चलिया मोरनी बन के मोरनी बनके बनके बेन बलें बलें बले ओ हो बलें बले ओ हो बलें बलें बलें बलें ओ हो बलें बलें बलें बलें मैता एवें चलिया मोरनी बनके main hoon jiski ama bad girl i like whiskey pela de diwani main hoon jiski ama bad girl i like whiskey jab mujhko chhad jati to nasha ho jati main reski pela de diwani main jiski ama bad girl i like whiskey na samjho dil ka kola main to whiskey ki botal ye ra ek sip hi hai kaafi unko nasha to chakhna mana hai rukna mana mujhe pe le zara कोका कोला दे कोका कोला पिलारे दे कोका कोला तू छोला छोला तू कोका कोला तू छोला छोला तू जिसके हम न हो साकी, साखी ओसा साकी, साखी रहे साखी साखी फिर नाई गाए शुभा ओ साकी साकी।, रे साकी तेरे लिए छोड़ा है सामाना जरा तेरा इरा तू तो बता ऐसे नजगरे तू मुझसे चुरा City baje, nakre dikhaaye. City baje, nakre dikhaaye. Beech sarak me, hai naam mere rafkare, okar ke ishare, oh ladka, oh ladka, oh ladka, aakhmare, aakhmare, oh ladka. akhamare o ladka akhamare e o ladka akhamare craft who kneels in the power of dream सकू मैं तुमको कहे बिना समझ लो तुम शायद शायद मेरे ख्यालों में तुम एक दिल मिलो मुझे कहीं पे शायद जो तुम न हो रहेंगे हम जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं जो तुम न हो चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम सफ़र मेरा है तू ही मेरी मंजर तेरे बिना गुजारा है, है मुश्किल तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शाम तेरे बिना गुजारा है दश्क मुझे आज मती है तेरी कमी मेरी हर कमी को है तू जमीन जुनून है मेरा बनू मत तेरे काबल तेरे बिना गुजारा मिया मेल तेरे बिना गुजारा है मुश्किल अधूरी हो के भी केवी शेरा कामल तेरे बिना गुजारा हे है मुश्किल